पबजी वाले हैं साहब एक एम पसंद है लेकिन एम फोर से प्यार है कार नाइन टी एटू फोर उठा लेते हैं लेकिन ऑन के लिए से मरने को तैयार है